आपको सैलरी मिलती है आपके पास यदि अधिकार है तो आप सीधा दीदी इस तरीके काम करेंगे एक घंटे में कितना मिनट होता है बच्चे नहीं बता पा रहे को पढ़ा रहे हैं आप पहले पूछे आपसे आपसे पूछे तब इनसे पूछे कौन बच्चे नमस्कार जय हिंद मैं लगातार स्कूलों का हाल दिखाता रहता हूं इसी कड़ी में मैं एक स्कूल में पहुंच चुका हूं देख सकते हैं हमारे सामने एक स्कूल दिख रही है जो कि पंचायत मल्हारी प्रखंड इमामगंज जिला गया का यह स्कूल बताया जाता है मैं लगभग 10 से 15 स्कूलों में विजिट कर चुका हूं इसी कड़ी में मैं एक ऐसे स्कूल में आया हूँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं आखिर पढ़ाई हो रही है कोरोना काल के बाद सारी स्कूलें खुल चुकी है तो हाल मैं लगातार हर स्कूल का दिखाता रहता हूँ मैं दूर से के इलाकों में आकर हाल दिखाता हूँ ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रही है हमारे विजय चौधरी जी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी तो उसको जानना जरूरी है बिहार में शिक्षा दर जो है वो कम हो चुका है आखिर उसका रीजन क्या है जानना हम लोग को बहुत जरूरी है मैं लगातार हर स्कूल का हाल दिखाते रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से सारे स्कूल का लगभग कवर करने की कोशिश करता हूँ मैं हर उस पॉजिटिव नेगेटिव चीज को दिखाता हूँ ताकि हमारे यहाँ क्या हो रही है क्या पढ़ाई हो रही है वो जानना जरूरी है हमारे सर टीचर मौजूद हैं सबसे पहले आपका नाम आप क्या हैं कि हमसे परमिशन लिए क्या बात कर रहे हैं देखिए ये हमसे परमिशन मांग रहे हैं लेकिन आपको बता दूं कि इस तरीके के चीजों में परमिशन नहीं होती है मीडिया को अलाउड होता है कि कहीं भी जाकर वो दिखा सके अभी नहीं ये मना कर रहे है आखिर आपको डर किस बात का है आपसे ऑफिस में आइए उसके पहले बात कीजिए उसके बाद कुछ करना है। <स्थिक्षिक> देखिए स्कूल में पढ़ाई होती है नहीं बच्चे बताएंगे ऑफिस के टीचर नहीं बताएंगे। कुछ आइएगा उसके बाद हमसे बात देखिए सारी चीजें रिकॉर्डेड है ठीक है आप आप जो हैं बच्चों आप जो हैं बच्चों को आप बच्चों को पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे इसके लिए आपके परमिशन लेंगे अब क्या है नहीं है सबको पहले बताइए आप क्या चाहिए हम हम बिहार जैक्सन से आपको पता कैसे चलेगा आप टीवी खोल के देख सकते हैं बिहार जैक्शन ऐसी आपको पता कैसे चलेगा आप जाइए पहले वहाँ बात करिए किसी जगह आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ है जिसके बेस पे आप बाहर कर सकते हैं आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ है चिट्ठी है।, है आपके प्रूगा प्रूगा प्रूगा प्रूगा है। आप मेरे पास चिट्ठी है क्या चीज की चिट्ठी है बताइए आपके पास दिखाने के लिए क्या लिख हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस क्या होता है टीचर प्लीज स्पीक प्रोपरली आई एम ऑल्सो ए मीडिया पर्सन राइट ना ओके सो प्लीज प्लीज आई स्पीक प्रॉपरली विथ मी आई एम ऑल्सो ए मीडिया पर्सन फ्रॉम फ्रॉम दैट टाइम आई एम टॉकिंग विदेरी सिंसियर मैनर बट यू आर नोट टॉकिंग विद डैट What you want to say about that? हमरा कुछ पता नहीं है आपके बारे में तो आपको पता नहीं है तो आप टीचर कैसे बन गए Excuse me, try to understand. या कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पाए पहले, पहले तो जो यहाँ प्रभारी है उनसे मिले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभारी से बात करना नहीं होता यदि प्रभारी से बात करेंगे तो यहाँ पे असलियत हम नहीं दिखा पाएंगे हम लोग असलियत दिखाने के लिए आए असलियत दिखाइए ना सर आप यदि हम टीचर ऐसी बात करेंगे तो टीचर बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे जो की अभी बच्चे सारे खेल रहे थे उसका जिम्मेवार कौन है सरकार पैसा दे रही पढ़ाने के लिए खेलने के लिए बच्चों मना आपको कोई नहीं कर रहा तब मना नहीं कर रहा तो किस रीजन से कह रहे हैं कि आप नहीं दिखा प्रेस्ट सकते प्रेस्ट हैं जब से बात करें आपको करें आपको करें है। कौन बीओ साहब क्या है बीओ साहब क्या है मना तो कर देंगे दे रहा है ना बोले, बोले है ना हम हमको, चले जाएंगे हम नहीं बात करेंगे बच्चों ऐसी आपके रिटर्न प्रूफ हमसे दिखाई सर आप जो है ना रिकॉर्ड में बात कर रहे हो सारी चीजें सीधा शिक्षा मंत्री के पास जाएगी ठीक है ना पहले आप जो है बात कर रहे हैं आपके पास कोई प्रूफ है उसका अरे पहले सबसे पहले आपको तो सिंसियर मैनर में बात करनी चाहिए कि, कि किस तरीके से बात की जाती है वो आपको सीखना चाहिए तो तो आ आ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिखाएंगे कि हम आपको थोड़ी कुछ कह रहे हैं कि क्या दिखाएंगे आप दिखाना जरूरी है मैं सब स्कूल में दिखाता हूँ आज तक किसी स्कूल में मुझे मना नहीं किया किस बेस में मना कर रहे हैं करना चाहिए किसी चीज ऐसी आने के बाद बात करेंगे तो आप कैसे बच्चों को बता पाएंगे फिर तो बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे बच्चे भी खेल रहे थे क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में बच्चा खेलेगा नहीं खेलेगा तो बच्चे को भी पढ़ना चाहिए बच्चे खेल कैसे रहे आपको सरकार पैसा दे रही है पढ़ाने के लिए, के लिए लिए। तो बच्चों को खिलाने क्या खेल-खेल में पढ़ेगा। तो खेल खेल में कैसे पढ़ेगा? आप टीफिन के बाद टिफिन का समय होता है खेलने का आप अभी खिला रहे हैं आपको सैलरी मिलती तो है तुम्हारा कौन क्लास में पढ़ती हो कौन क्लास में पढ़ती हो बोलो तीसरा क्लास में पढ़ती हो एक घंटा में कितना मिनट होता है हाँ, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को जा जा एक स्थे? घंटा में कितना मिनट नहीं बता पा रहा क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को <laughs> क्या शिक्षा <सिच्छा laughs> दे रहे हैं बच्चों को आप? यही पढ़ाई है चल चल अच्छा और बच्चों से पूछता हूँ <laughs> आप जब तक आप हमें रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप हमें यहाँ से बाहर कर सकते दीदी आपके आपके पास अधिकार है आपके पास यदि अधिकार है तो आप सीधा सस्पेंड हो जाएंगे दीदी इस तरीके का काम करेंगे करना क्या आपको आप करना है। और भी बच्चों से पूछते बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का है यहाँ पे माहौल देखना बहुत जरूरी है देख सकते हैं यहाँ पे टीचर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं हमें लगता है तो हमें, तो हमें हमें लगता तो है कि बिहार में शिक्षा इन्हीं लोगों की वजह से बर्बाद हुई है देख सकते है किस तरीके स्कूल में मीडिया वाला आप यदि पढ़ा रहे हैं तो वही पूछना जरूरी है ना एक घंटे में कितना मिनट होता है कहाँ है एक घंटे में कितना मिनट होता है बच्चे नहीं बता पा रहे हैं क्या बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप पहले पूछिए हमसे आपसे पूछे तब इनसे पूछे कौन बच्चा है कौन बच्चा से पूछे बताइए बताइए कौन बच्चा से पूछा बताइए कौन बच्चा से पूछे दो साल बंद था कि दो साल बंद था, था तो था, उसी की बात करने आया ना की आखिर क्या है नहीं है तो सिंपल सवाल का जवाब तो देना चाहिए ना दो साल बंद है ऐसी पास हो गया है पहले पता है दो साल बंद था ऐसी पास हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है किसको मानते हैं जिम्मेवार हम जिम्मेवार है शिक्षा मंत्री जी में शिक्षा हाँ। तो तो मंत्री यहाँ पे नहीं हो रही तो आ, बात, बात, बात करेंगे बात ना आइए और लोग किससे पूछे बताइए किस बेस तो पे कर रहे हैं की दिखाना आप किस बेस पे कर रहे है आपको किस बात कटा रहे की दिखाने आप नहीं दे रहे हैं किस बात कटा रहे आपको क्या यहाँ पे विधि व्यवस्था क्या यहाँ पे विधि व्यवस्था क्या यहाँ तो पे विधि व्यवस्था ठीक है कि आप दिखा नहीं दे यदि आपके अंदर विधि व्यवस्था ठीक है तो आप मना क्यों कर रहे हैं बोलिए है ना कि दिखाइए हम सब कुछ पे सही पढ़ा रहे हैं देखिए मीडिया बात नहीं करता है बात हम पूछेंगे आपके पास यदि कोई रिटेन डॉक्यूमेंट है यदि आप हमें मना कर सकते है आप हमें यदि मना कर सकते है तो आप रिटेन डॉक्यूमेंट दिखाइए हाँ देखिये अब सवाल पूछते है यहाँ पे रसोई घर में क्या चल रहा है दिखाना बहुत जरूरी है लगातार लगातार हम दिखाते रहते हैं हर स्कूल का दिखाते हैं यदि कोई स्कूल मना करता है तो उसके पीछे मैं रीजन पूछने जानता हूं कि क्या रीजन है ठीक है मना आइए हम दिखाएंगे हम क्यों नहीं दिखाएंगे हमें इसका हमें इसका परमिशन प्राप्त है कि हमको दिखाना है तो हम दिखाएंगे आखिर हम दिखाएंगे कब तक नहीं दिखाएंगे जब तक इस देश की जनता इस देश का सुधेगी हम दिखाएंगे तो उसका निदान निकलेगा तभी तो मैं स्कूल में विजिट कर रहा हूँ तभी तो मैं स्कूल में विजिट कर रहा हूँ ताकि उसका सोल्यूशन निकले सरकार इस बात को सुने आप दिखाने नहीं दे रहे हैं आखिर आपको डर किस बात का या चाहिए ना कि आठ क्लास है और दू गई रूम है ये पहले पता नहीं है पहले नहीं पड़े तो इस चीज क्लास क्लास कैसे चल रहा है भैया खेले की जगह कैसे तो इस चीज का आप आवाज तो उठाएंगे तब तो आपसे तो बात करेंगे आप सर रियलिटी दिखाने के बाद बात करेंगे आपसे रियलिटी दिखाने आगे के, के बाद कुछ अपने आना चाहिए पहले आया किसी सर देखिए कर... आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको अलाउड नहीं है आप ऐसे मना नहीं कर सकते किसी को अलाउड यहां पे कोई यहां पे कोई रिस्ट्रिक्टेड काम नहीं चल रहा है की आप अलाउड नहीं कर सकते ये सरकार के अधीन आता है ये केंद्र सरकार के अधीन आता है ये संविधान के अधीन आता है आप मना नहीं कर सकते संविधान के साथ देखिये यहाँ पे जैसा की ये आठ क्लास चल आट सकता आट है इस रूम में बताइए आप कैसे है क्लास क्या करेगा जी जिस तरीके से जो है यहां पे माहौल है देख सकते है माहौल बहुत ही गर्म हो चुका है क्योंकि यहां के लोग सरकार को शिकायत कर रहे हैं कि आखिर यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन देख सकते है किस तरीके के यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आ रही है समझना जरूरी है टीचर की भी परेशानी हमें समझना होगा क्योंकि टीचर परेशान है तभी जो है तभी जो है टीचर परेशान है तभी अभी तक यहाँ पे काम नहीं हुआ है टीचर की भी परेशानी समझनी चाहिए मैं विजय चौधरी से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ताकि यहाँ के टीचर में भी थोड़ा सा मनो, मनोबल ऊँचा हो यहाँ पे पढ़ाई की जाए बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे बैठ बैठ नहीं पा रहे हैं ढंग से बेंच नहीं लगा हुआ ये भी समझना जरूरी है आइए क्लास के अंदर का हाल दिखाते हैं आइए क्लास के अंदर का हाल दिखाते हैं आइए जी कह रहे हैं हम ये कहना चाहते हैं क्या आप खुद देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, है? और इसमें क्या आठ क्लास चलाना मुमकिन है जी बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन नहीं है आठ क्लास चलाना बिल्कुल यहाँ पे मुमकिन नहीं।, नहीं है तो इस मुद्दे पे बात किया जाना देख सकते हैं कुछ है एक मिनट